आज हम आपको बताएंगे कि सिटीजन पोर्टल से आय प्रमाण पत्र किस प्रकार किया जाता है इसके पहले हमने वीडियो एक अपलोड कर चुके हैं जिसमें सिटीजन पोर्टल की आईडी किस प्रकार मिलती है वो हम बता चुके हैं तो उसी आईडी से हम आपको आज बताएंगे कि आय प्रमाण पत्र किस प्रकार किया जाता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते सबसे पहले आपको सिटीजन सर्विस यूपी इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यूपी सिटीजन सर्विस ई साथी इस, इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप सामने देख सकते हैं सिटीजन लॉगिन इन ई साथी इस, इस पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा आप इसको जो है पंजीकृत उपयोग करता लॉगिन तो यहाँ पर यूज़र नेम पर आप अपना यूज़र नेम डालिए और पासवर्ड जो हो वो पासवर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ कैप्चा जो हो ये आपको कैप्चा डालना है कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपको सेवा शुल्क भुगतान रसीद की प्रतिलिपि निस्तारित आवेदन यहाँ पे सब आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने किस प्रकार क्या क्या, क्या किया ये लंबी आवेदन अगर पढ़े होंगे तो वो दिख जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आवेदन करना है तो आवेदन पत्र में आप देख सकते हैं काफ़ी सर्विसे हैं और पत्र करना है तो इसके लिए हम आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ग्रामीण सेलेक्ट करना है और अगर आप नगरीय क्षेत्र से हैं तो आपको नगरी सेलेक्ट करना है तो मुझे आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र का बनाना है तो इस वजह से मैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में आपको प्रार्थी का नाम डालना है हिंदी में तो आप हिंदी में डालने के लिए आप मोबाइल पर गूगल इंडिक कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हिंदी ये लिखने में बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया कीबोर्ड है प्रार्थी के नाम हिंदी में डालने के बाद आपको प्रार्थी के नाम अंग्रेजी में भी डालना है तो ये आप कैपिटल लेटर में डाल सकते हैं प्रार्थी के नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अब यहाँ पे पिता पति संरक्षक अगर लड़का या लड़की जो भी हो अगर छोटी है तो उसके पिता का नाम डालिए अगर शादीशुदा है तो पति का नाम आप डाल सकते हैं तो इसके लिए पति का नाम डाल दें उसके बाद पूछा गया है माता का नाम तो यहाँ पे आप माता का नाम फिल कर दें माता का नाम फिल करने के बाद यहाँ पे जो पता हो मकान नंबर वो आप फिल कर दें बाद जनपद जिस ज़िले के हो आप यूपी में कहीं के भी हो तो जिस जिले के हो आप वो ज़िला आप सिलेक्ट करें अपनी तहसील सेलेक्ट करें और और ग्राम जो आपका पड़ता हो वो आप ग्राम सेलेक्ट करें ग्राम चुनने के बाद मोबाइल नंबर आवेदक का दर्ज करें मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद स्थायी पता या उपरोक्त इस पे आप टिक करें तो जो आपका पता है वो इस बॉक्स में आ जाएगा तो आप इसको देख करके चेक कर सकते हैं व्यवसाय अब इसमें व्यवसाय में डालना है कि आवेदक क्या करता है परिवार का विवरण आवेदक को मिला यानी आप जिसका आवेदन कर रहे हैं उसको मिला कर, उसके परिवार में कितने लोग हैं यानी सदस्यों की संख्या तो यहाँ पे आपको दर्ज करना है इसके बाद अधिकतम पचास सदस्य लेकिन आपको कोई पचास नहीं भरने जो आपके सदस्य जितने घर में हो उतने ही भरने हैं तो परिवार के सदस्य का नाम तो यहाँ पे आपको पहले आवेदक का भरना है का व्यवसाय जो वो करती हूँ ग्रहिणी है तो ग्रहणी भर दें व्यवसाय वार्षिक में तो इसमें आप ग्रहणी हैं तो कोई उनकी कमाई नहीं होती तो आप मन डालें और उनके पति उनके पति जो भी करते हों वो यहाँ पे डाल दें मजदूरी करते हैं तो मजदूरी डाल दें कोई भी वर्क करते हैं और उनकी आय क्यों कि सालाना कितना कमा लेते हैं उसके बाद बाक़ी ये कोई कालम भरने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास है आय है या जमीन है या कुशल भूमि मजदूर तो ये आप भर सकते हैं वरना कोई ज़रूरत नहीं है परिवार की कुल वार्षिक आय ये अन्य स्रोतों से ये आपको भरना पड़ेगा ये अनिवार्य है परिवार की कुल वार्षिक आय ये अपने आप ही भर जाएगा क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है अगर हुआ है तो आप हाँ लगाएँ नहीं हुआ तो नहीं रहने दें आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो यहाँ पे आपको हाँ सेलेक्ट करना है आधार संख्या आपको डाल देनी है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको यहाँ पे बताना है कि आप प्रमाण पत्र किस लिए बनवा रहे हैं शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु या छात्रवृत्ति हेतु तो यहाँ पे आप जिस लिए बनवा रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पर लिखना है या सूचना देनी है तो अन्य के लिए आप यहां पर अन्य सेलेक्ट करके भी यहां पर लिख सकते हैं आवेशक कार्य हेतु संलग्न में आपको फ़ोटो अटैच कर देना है अब आपको यहां पर फ़ोटो अपलोड करना है फ़ोटो कम से कम पचास के बी के अंदर होनी चाहिए फ़ोटो को कम से कम पचास के बी के अंदर हो तो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो अपलोड हो चुकी है इसके बाद आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ये स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है स्व्रमाणित घोषणा पत्र आप देख सकते ही, ये अदर डॉक्यूमेंट जो है, ये कम से कम सौ के बी के अंदर होने चाहिए तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आप देख सकते हैं इस प्रकार का है इसको आपको अपलोड कर देना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार का होता है और ये कहां से डाउनलोड किया जाता है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र इसके बाद आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है इसके बाद आपको राशन कार्ड की छाया प्रति अगर है तो लगा दीजिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप वेतन पर्ची अगर आपके पास है तो लगाइए वरना कोई ज़रूरी नहीं है और इसके बाद आप अन्य सिलेक्ट करके आवेदक के पास अगर और कोई अन्य दस्तावेज है तो आप उसको लगा सकते तो अन्य में मैं आधार कार्ड अपलोड कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है ये देखिए दोस्तों आवेदक का आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है अब यहाँ पर आवेदक का अगर और कुछ हो पैन कार्ड वग़ैरह कुछ हो तो आप यहाँ पर उसको भी अपलोड कर सकते हैं उस फाइल पे आ करके फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देखिए जहाँ पैन कार्ड हो आप गैलरी से उठा करके इसको अपलोड कर दें और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चार डाक्यूमेंट अपलोड कर दिया है आवेदक का पैन कार्ड फ़ोटो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आवेदक का आधार कार्ड और अगर आपके पास हो तो कुछ और भी आप अपलोड कर सकते हैं कम से कम तीन चार आइटम तो करना ज़रूरी है। निवास तो इनका पहले का निवास बना हुआ था तो आप उसको भी अपलोड कर दें तो ये मैक्सिमम दो ही अटैचमेंट ये लेगा अदर फाइल में बाकी आप एक्स्ट्रा नहीं डाल पाएंगे दो ही अदर में आप लगा सकते हैं यानी अन्य में चलिए अब हम इसको जो है दर्ज कर देते हैं जैसे ही हम इसको दर्ज करेंगे तो ये हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिस जिसपे आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन संख्या वो आवेदन की तिथि ये इस प्रकार दे दिया है तो आप इसको चाहें तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं का प्रिंट लेने के लिए आपको पीडीएफ पे सेव करना प्रिंट पे जो नाम देना चाहिए नाम दे दी आवेदक का नाम लिख दी और सेव कर दें तो ये आपके पास प्रिंट पहुंच जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें तो अब आपको इसका पेमेंट कटाना है तो इसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर है चाहें तो आप इसको कॉपी कर ली और सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करें जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर अपने ही आप आ जाएगा इस पर आपको सबमिट करना है सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं अमाउंट टू बी पेड अगर ये सिटीजन पोर्टल से किया जाता है तो इसका पेमेंट मात्र पंद्रह लगता है बाकी अदर जगह बाहर से लोगवाणी से कहीं से बनवाते हैं तो वो पचास से सौ रुपए तक भी ले लेते हैं लेकिन अगर आप खुद से स्वयं से करते हैं तो इसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो पंद्रह रुपए है और इसको आप घर बैठे भी बना सकते हैं तो प्रोसीड विथ पेमेंट आप इसको प्रोसीड विथ पेमेंट कर दी और आप देख सकते हैं पेमेंट अमाउंट पंद्रह रुपये अब आप चाहें तो डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग क्यूआर कोड या यूपीआई जिसके भी माध्यम से आप अगर पेमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं तो इसके लिए हम यूपीआई चुनेंगे और यूपीआई चुनने के बाद आप देख सकते हैं भीम यूपीआई तो इसमें मेक पेमेंट पर पे क्लिक कर देंगे मेरे पे पेमेंट पर पे क्लिक करने के बाद ये कन्वेंसन फीस आपको बताएगा इसका जो भी चार्ज है वगैरह सब ज़ीरो हैं और इसके बाद टोटल अमाउंट पंद्रह रुपये प्रोसीड विथ पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ये आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी यू पी डालना है तो चलिए दोस्तों हम अपनी यू पी डाल देते हैं जैसे ही हम ये जैसे ही हम यू डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक टाइमिंग चलने लगा और पेटीएम की तरफ से हमारे पास पेमेंट का एक मैसेज आ गया है इसको जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये हमको पे पर रीडायरेक्ट कर देगी साइड इसके बाद हमको पेमेंट इस पे हमको पंद्रह रुपये पेमेंट करना है और हमको ये इस पे पे कर देना है तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी को हमने बिल्डेक्स यहाँ पे पंद्रह रुपये पेमेंट कर दिया है और यहाँ पर आने के बाद हमको फिर यहाँ पे वापस आना है देख सकते हैं यहाँ पे जो इरर शो हो गया है ये जो इरर शो हो गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये साइड अचानक से बंद हो जाती है तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर वापस आना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट पे वापस आने के बाद सेवा शुल्क भुगतान इस पर क्लिक करना है और अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं आप ये ये आपको ये ट्रांजेक्सन की ट्रांजेक्शन डिटेल की पर्ची आपको शो हो जाएगी तो आप इस तरह देख सकते हैं ये अब आप इसको सुरक्षित करके प्रिंट कर लें तो आप देख सकते हैं इस तरह का आय प्रमाण पत्र का प्रिंट आ जाएगा और आप इस प्रिंट को प्रिंट करें और प्रिंट करने के बाद आप इसको कस्टमर को भी दे सकते हैं चाहे तो आप स्वयं बनाइए या कस्टमर को जिनको नहीं बनाना था